कामनाई जाए एक जन एक 3 4 5 दिन से हेर ताई ओए भेटात ना ना नाही उनका मार मार शोर बना दी ओ नो वही अटवा ओ यार आयो रे मां <laughs> बात बात भाई? भाई भाई? यार ना जिन बोले नहीं जूता उतार तू अरे बा बहुत बड़ा काम यार यार कुत्ता भैया आ करता हमारे भोले झूठ उतारी था? भैया तीन चार प्लेट ना खा तो चार खाया खाया। यार ये प्लेट प्लेट करके के ताई ने का खाए तू? अरे यार भैया ये चालीस प्लेट में घरे बांध के ले पनीर पनीर लगे मटर साइस रुपया देखा इक्कीस रुपया लिखवाए गए बताओ इनका मारे ना तू मार